हेलो फ्रेंड्स आई एम नीपू निगम वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट हम अपने चैनल पर आपके लिए सोशोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स के एमसीक्यू लेकर आते हैं अभी हमारी सीरीज सोशल ग्रुप्स पर एक सीरीज चल रही है एमसीक्यू, सी जिसकी प्रैक्टिस सेट थ्री हम देखेंगे जो कि आपके यू नेट जे सेट टी एंड अदर एकेडमिक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इसके अलावा हमने सोशोलॉजी के अन्य चैप्टर से भी चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और एमसीक्यू बनाकर डाले हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर एक बार उसे अवश्य देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर वन यह कथन किसका है जहां प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं वहां आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है ऑप्शन है स्टीवर्ट ऑप्शन बी यंग ऑप्शन सी बेबर एंड ऑप्शन डी दूर्खिम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दुर्खिम नंबर टू श्रमिक संघ समझने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है ऑप्शन ए हित समूह ऑप्शन बी प्राथमिक समूह ऑप्शन सी अर्ध समूह एंड ऑप्शन डी अप्रतिमानित समूह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अर्ध समूह क्वेश्चन नंबर थ्री यह कथन किसका है संदर्भ समूह सापेक्षिकीनता के कारण बनते हैं ऑप्शन ए ग्लीन एवं ग्लीन ऑप्शन बी मटन ऑप्शन सी गोल्डनर एवं गोल्डनर एंड ऑप्शन डी वर स्ट्रेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मटन क्वेश्चन नंबर फोर संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 फोर्टी ईस्वी में किसने किया था ऑप्शन ए हाइमन ने ऑप्शन बी ब्राउन ने ऑप्शन सी गलेने एंड ऑप्शन डी मटन ने करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइमन ने क्वेश्चन नंबर फाइव लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए गेडेंग्शन बी स्पेंगलर ऑप्शन सी गिटलर एंड ऑप्शन डी डेविस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डेविस रिजमैन क्वेश्चन नंबर सिक्स यह कथन किसका है संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकता है और नकारात्मक भी ऑप्शन ए क्लाइनवर्क ऑप्शन बी बाटोमोर ऑप्शन सी न्यूकॉम कॉम एंड ऑप्शन डी सिमेल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूकॉम। क्वेश्चन नंबर सेवन कोई भी व्यक्ति द्वीप नहीं है यह कथन किसका है ऑप्शन ए लोन्डवर्ग ऑप्शन बी यंग ऑप्शन सी लैंडिस एंड ऑप्शन डी जॉनसन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लैंडिस क्वेश्चन नंबर एट संदर्भ समूह के रूप में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया है नंबर ए बोगार्डस नंबर बी बेबलन नंबर सी वेवर एंड नंबर डी डैरन ड्राफ्ट ने कैरेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेबलन। क्वेश्चन नंबर नाइन बॉटोमोर ने निम्नलिखित में से किसे अर्ध समूह माना है ऑप्शन ए परिस्थिति समूह ऑप्शन बी सामाजिक वर्ग ऑप्शन सी आयु लिंग समूह एंड ऑप्शन डी यह सभी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यह सभी क्वेश्चन नंबर टेन मटन ने समूह के निर्धारण में कितने आधारों का वर्गीकरण किया है ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 10 and option d 26 correct answer is option d 26 question number 11 the human grove pustak ke lekhak hain levis option b john shawn option c homans and option d merton correct answer is option c homans ऑप्शन सी होम्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पूर्वाभाषी समाजीकरण की आवश्यकता किस प्रकार के समूह से संबंधित है ऑप्शन ए संदर्भ समूह ऑप्शन बी सामाजिक संवर्ग ऑप्शन सी द्वैतिक समूह एंड ऑप्शन डी प्राथमिक समूह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संदर्भ आज के लिए इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हाँ साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथ ही दोस्तों मैं यह आपको बताना चाहूँगी कि सोशोलॉजी चैप्टर के अदर की अदर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी हमने अपने वीडियो के लास्ट में डाली है उसे आप जाकर जरूर देखिएगा थैंक यू